और ये वाली आदत बहुत बहुत बुरी होती है इस आदत से यार अच्छे अच्छे बंदों की बेटी बन जाती है तो भाई लोग कैसे हो तो यार वेलकम दैक बैक दिराट न्यू गलत सीन से भरे पड़े मोबाइल गेम प्ले वीडियो में अब इस मैच में यार हर कोई हर एक बंदा मेरी चोरी करने के पीछे पड़ा होता है कोई मुंह के सामने पेटी बना देगा मैं डैमेज दे रहा हूं पेटी कोई और बना देगा। को गलत सीन होंगे और कभी कभी निहत्ते नंगे बंदों को पहलना ज्यादा दिक्कत आए हो जाता है भगते रहते हैं ये लोग अब उतरते ही मेरे को डीपी मिली होती है और उसकी लगभग साठ की साठ गोली मैं दो निहत्ते बंदों पे ठिला देता हूँ और उसके बाद भी काम नहीं बनता पेटी तक नहीं बना पाए तो ये मुट्ठी बाजी पे उतरना पड़ता है दबा के मुक्के मिलने पड़े खैर इसके बाद मेरे को शोटगन वगैरह मिलती है जिससे यार कद्दू कुछ नहीं उखड़ने वाला ये शोट बहुत सस्ती लगती है मेरे को खैर बाकी के दो निहत्ते बंदे भग जाते हैं और गायब हो जाते हैं तो मुझे आगे बढ़ना पड़ता है और हमारे ये महंगे कपड़ों वाले भाई गन को पीछे रख के लूट रहे होते हैं मैंने सोचा यार ऐसी भी क्या नौबत आ गई कि गन को पीछे रखना पड़ा फिर मैं पेटी खोलता हूँ सिर्फ एक सोडगन होती है मतलब यार वहां से वो चलाता भी ना तो भी मेरे ख्याल से शायद ही कुछ होता और यहाँ पे हालत इतनी बुरी हो रखी थी कि यार बॉटों को फेल के उनकी लूट लेनी पड़ रही है बहुत बुरी हालत है अब ये बात मैं हमेशा बोलता हूं कि यार बोटों पे अत्याचार बिल्कुल नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यार मजबूरी में गधे को भी हाथी बनना पड़ता है और गन नहीं होगी लेकिन बोटों पर महंगी गन दबा के पड़ी होती है खैर बोट से जो भी गन गुन मिलती है मैं उसे धैर्य उठाता हूं और इधर की तरफ आता हूं क्योंकि इधर एक्सीन चल रहा है पे मैंने सोचा था कि यार डेढ़ गेम प्ले बिल्कुल ऊपर ऊपर चढ़ने से उल्टा मेरा ही घाटा हो जाता है बंदे आपस में लड़ भिड़ गए और पेटियां बना ली एक दूसरे की खैर अब यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक हाँ मेरे को भी विश्वास नहीं हो रहा है खतरनाक ने वाला है और पे मैं खुद ये बात हूं ये बात मानता कि नेड एक था। था, पहले यार मेरा टीमेट मजाक उड़ाता था था, लेकिन यार यहाँ पे मेरे को खुद मानना पड़ेगा ऐसे नेड यार मेरे बस के बिल्कुल नहीं है चमत्कार ही होता है सब मतलब मैं देखता हूं बंदे भग रहे मैंने सोचा लो नेड और दे पटक के फेंका और बंदा वही डीपी ले रहा होता है खैर इसी के साथ जोड़ खाली हो जाता है जो दो ही बंदे बैठे होते हैं और इनके बाकी टीमेट किधर गत्ते फूक रहे हैं ये नहीं पता होगा खैर इसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं और डीरोप पे जाएंगे चार-चार तो यारेबसाइट या का नाम है Expert, जिसके से आप कई सारे गेम्स क्रिकेट फुटबॉल वॉलीबॉल बास्केटबॉल और अब तो फुटबॉल भी चालू हो गया है उन सब पे बैट बुट लगा सकते हो साथ ही साथ इसमें आपको आपके पहले डिपॉजिट पे सात बोनस मिलेगा अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करते हो जो कि तो पेटीएम पेपाल गूगल पे कद्दू पे किसी से भी पैसे विद्रॉ कर सकते हो तो हाँ यार अगर आपको इस सब चीज का शौक है इस एप को जरूर ट्राई करना इसके लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल टोप में और डिरोप के गने उठा के भगने की पूरी तैयारी होती है इनकी अब देखो अलग अलग जगह भग रहे थे तो या तो इनकी पूरी तैयारी होती है साप बनने की वो भी अलग अलग जगह जाके या तो यार ये लोग कवर लेके खेलने वाले थे खैर जो भी सीन हो एक की पकड़ के पेटी बना दी और दूसरा पीछे नोक पड़ा है मेरे ख्याल से और एक बंदा यही पेड़ पे खड़ा है और ये बात तो मैं भी समझ गया कि चमत्कार जिंदगी में एकाध बारी होते हैं हां नेट से कोई नहीं ठीला शायद बंदा पीछे भग चुका था और मानो या ना मानो ये पेड़ के पीछे जो बंदा खड़ा था ना यार इस भाई का स्प्रे बहुत ही तगड़ा होता है मैं यहां से फायर दे रहा हूं अंधा गोली चला रहा हूं उसके बाद भी भाई हेल्थ की ऐसी तैसी कर देते हैं अब सामने वाला बंदा गोली और ने दबा के कर रहा है लेकिन भाई रिवाइव देने को तैयार नहीं है बिल्कुल और देखते ही देखते नेड मुंह के पास आ जा रहे हैं तो मैं क्या करता हूं एक और नोक बंदा पड़ा होता है उसकी सीधा बेटी बनाता हूं और उसे ढूंढने निकल पड़ता हूं जो लेट के नेट नोट कर रहा है और यार यहां पर एक बॉट मेरी मदद कर बैठता है आगो। आगो। अब मेरे टीममेट को को पे पे लगता है है, है, कि कि ये बॉट बॉट बॉट एक बंदा होता है। लेकिन मैं मैं क्या करता हूं? को देख के उसकी सीधा पेटी नहीं बनाता, मैं देखता हूं कि गोली चला किस रहा और साइड में ही एक बंदा लेटता है मेरे मुंह के सामने तो उस बंदे की पेटी बनाई और यार बॉट की भी पेटी बना दी नहीं तो यार मेरे पे भी नहीं पटकाता वो खैर वहां पे जितनी भी पेटी थी सारी लूटी लेकिन यार मेरे काम की गन्नी मिली ग्रोजा और नहीं मिली, मिली जिंदगी में और यही मेरे मुंह के सामने बंदा पचास साठ गोली चला जाता है वो भी मेरे ख्याल से एम साठ छेदों की बहुत ही बढ़िया यार मतलब हम तो चालीस ही चला पाते हैं मेरे साथ क्यों नहीं होता ऐसा वाला लैक खैर जो भी सीनो गोली चली है तो यार बंदे पेज ले जाना ही पड़ेगा और मेरे ख्याल से ये आपस में भी लड़ रहे थे तो जो भी करना होगा सोच समझ के करना पड़ेगा नहीं तो वैसे भी पोचन के यार कैंपिंग करते टाइम नहीं लगता यहाँ और मैंने सोचा था गाड़ी दूर रख के आराम से जाऊंगा बिल्कुल छुप के पेटी बनाऊंगा जैसे यहाँ जाके सकूप खोलता हूं ना पता चलता है वो बंदा मेरे मुंह पे ही देख रहा है खैर अभी के लिए वो बच के भग गया और अब एक ही चीज की जा सकती है नेट फेंकने पड़ेंगे क्या पता एक और चमत्कार हो जाए और जैसा कि मेरे को लग ही रहा था यार एक जिंदगी में एक चमत्कार बहुत होता है अब नहीं फटने वाले तो घनों से ही काम चलाना पड़ेगा खैर धीरे धीरे करके मैं बिल्कुल घर पे पहुंच चुका हूं और बस एक बात से फट रही है इस घर के ऊपर कोई कैंप करके ना बैठा हो और यार मेरे टीममेट की अपनी अलग ही चौड़ मैं बोलता हूं भाई देख मैंने एक बंदा नौकर दिया आ जाओ मिलकर रस करते हैं कद्दू का मिलके हमारे भाई रोड से भगते वे आ रहे हैं सामने वाला बंदा उठ के गोली चलाता है मैं बोलूँ ये किसे पेल है बाद में पता चलता है यार भाई ओपन से आ रहे होते हैं खैर जैसे तैसे करके यहाँ पे दो ही बंदे थे इनकी पेटी बना दी और आगे एक ड्रॉप गिरा होता है तो मैं उधर की तरफ चलता हूँ और जाते जाते दबा के लैग होता है यानी कि यहाँ पे भी बंदे दबा के लड़ रहे होते हैं तो मैं भी पहुँच जाता हूँ अब एक तो मेरा सपरे बहुत ही सस्ता है उसके ऊपर से मेरे पे पड़ा है, जो कि यार मैं तभी इस्तेमाल करता हूँ कुछ ना मिले बिल्कुल खैर चार एक्स से जैसे तैसे तुक्के बिड़ा के मैं एक बंदे की पेटी बनाता हूँ अब बाकी बंदों ने सारे समोक फेंक दिए जल्दी नहीं पड़ेगा अब हमारे भाई बोलते हैं कि यार इन्हें जल्दी निपटाना पड़ेगा यार हलवा थोड़ी बना रहा रहो जो निपटा के निकल जाऊँ बिल्कुल ऐसे नहीं काम चल पाएगा यहाँ पे और ऊपर से चार एक्स पड़ा होता है खैर उतने में ही मेरे टीम पे पर तीन एक्स पड़ा होता है तो मैं बोलता हूँ भैया जल्दी से गिराओ इससे पहले ये उठ के भाग जाए यहाँ से और वही चीज होती है जिसका डर होता है मेरे को बंदे उठ के बिल्कुल भाग जाते हैं और यार गाड़ी इतनी तेजी से भगाते हैं ये कि समझ तक नहीं आता कि ये लोग गए किधर खैर हम भी ढीरते तो यार ऐसे ही पीछा तो छोड़ने नहीं वाले गाड़ी हम लोग भी घुमाते हैं लेकिन वो बंदे हमें बिल्कुल भी नहीं मिलते मेरे को लगता है ये लोग यहीं सस्ते घरों पर रुके होंगे लेकिन नहीं ये लोग गाड़ी भगा के नजाने कहाँ पहुँच चुके हैं खैर उतने में ही दूसरी टीम के बंदे मिलते हैं तो उनसे ही काम चलाना पड़ेगा अपने को आ, वही अब पहले एक एडब्लू का फटका आता है मैं बोलता भैया ये बंदे भी इधर उधर भगने लग जाते हैं और एक बंदा यही ओपन से भगता है और इस गेम में पेटी बनते बिल्कुल टाइम नहीं लगता खासकर तब जब हमारे जैसे डेट बंदे हो तब तक गोली चलेगी जब तक पेटी ना बन जाए वो बंदा इस घर से बगल घर पे जा रहा था उतने में ही पकड़ के पेटी बना दी बहुत बुरा हुआ भाई के साथ और इस टाइम पे आके यार मेरे को भी पता था कर दो कुछ नहीं होने वाला नेट से मैं बस टाइम पास करने के लिए फेंक रहा था खैर एक बंदा यहीं नीचे पे बैठा होता है तो मैं बोलता हूं रस कर दो वो गुरुजा चाहिए अपने को और ये आदत बहुत बहुत बुरी होती है इस आदत से यार अच्छे अच्छे बंदों की पेटी बन जाती है और गन आप पे कोई भी बड़ी हो यह आदत है तो पेटी बनना लगभग तय हो जाता है हाँ दो गोली चला के रिलोट करने की आदत अब वो बंदा मेरे ख्याल से 20 25 गोली चलाता है और उसके बाद भाई गुरुजा रिलोड पे लगा देते हैं लेकिन इस बार मैं वो सीन नहीं करता मैं बीसी गोली लेकर और भाई की पेटी बन जाती है खैर इसके बाद गुरुजात दोनों गन मिल चुकी इसे कहते हैं जोश में बेहोशी खो बैठना मेरे को लगाया ये क्या स्नाइपिंग करेंगे मैं दिखाता हूं स्नाइपिंग फिर जैसी यह फटका पड़ाना याद है कि यार मैं एक सस्ता देता है। अब देखो नहीं हो पा रही तो कोई दिक्कत नहीं है हेलमेट वही नीचे पड़े होते हैं हेलमेट की बिल्कुल कमी नहीं होती मैं नया हेलमेट उठाता हूं और सामने जाके रस करेंगे रोजा भी तो पड़ी है अपने पे और ये अकेला बंदा न जाने कहां भग रहा था रास्ते में पेटी बना दी है और आजकल के बंदे कहीं पे भी लेट जाएंगे सामने ये ट्रैक्टर है कि ट्रक पड़ा है इसके पीछे लेटा पड़ा है देखो मतलब घर के नाम पे चार घर हैं भाई को लेकिन वहीं पे लेटना है अब सामने मेरे को दिखता है कि यार एक बंदे को मैंने नॉक किया और एक बंदा पहले से नॉक पड़ा है तो यार वो जो किल चोरी की लालच होती है ना वो बहुत जोर से जग जाती है तो मैं बोलता हूँ यार भगते हुए जाऊँगा और पेटी बना दूंगा मस्त दो किल मिलेगी लेकिन गलत होता हूँ मैं बहुत और इधर पे आके सिर्फ और सिर्फ दिल पे दर्द होता है जैसे मैं अंदर घुसता हूं यार, पेटी पहले से बनी पड़ी है। चोरी तक नहीं कर पाया खैर उम्मीद पे केडी कायम है तो वो पीछे जो ट्रैक्टर पे लेटा था ना उसे पहले निकलता हूं मैं और कांगी होती मैं सीधा पेटी बनाता अब घुस के पहना पड़ेगा और दिक्कतें होंगी अब वहां पे एक बंदा हो चाहे चौदह बंदे बैठे पड़े हो इतना डैमेज देके यार मेरे से रुका बिल्कुल नहीं जाता तो मैं गाड़ी उठाता हूं डैमेज पहले से ही दिया है आराम से पहलूंगा सोचता हूं मुंह के सामने और ऐसा भी नहीं है कि मैं बोलने के लिए बोल रहा हूं कि यार मुंह के सामने से किल चोरी हो गई नहीं बिल्कुल मेरे मुंह के सामने बंदा मेरी किल चोरी करके चल देता है वो पीछे बैठ के डीपी कहाता है दो गोली लगती है। और वो किल लेके चल देता है। और बदले की आग में मैं बिल्कुल इस घर पे आ जाता हूं लेकिन यार और आगे नहीं बढ़ सकता अब देखो सीन क्या है बदले की आग में आगे भगते हुए जाऊंगा ना कि मैं पेटी बनाऊंगा तेरी बोल के वो मेरी पेटी बना देगा टीपीपी लेके बैठे हैं क्या पता सांप भी भी बनाओ तो घर से से से आराम ठंडे से, दिमाग से खेलना होगा और अपना आधा आधा बदला पूरा हो चुका है बिल्कुल सैक के पीछे छज्जों से पीक करते हैं भाई और छज्जों से बिल्कुल आर पार जाके गलती साइड सोट लग जाता है लेकिन यार वही सैक पड़ा है तो पेटी तो बनने से रह गई कोई दिक्कत नहीं है दोबारा नॉक कर पाएंगे दोबारा बेटी बनाएंगे अब या तो ये लोग गोली चला रहे हैं किसी और बंदे पे या तो ये लोग नशे करके खेल रहे हैं बोट फायर दे रहे हैं अभी तो मैं क्या करता हूं इधर उधर देखने लगता हूं कि सीन क्या चल रहा है और जोश इतना की पूछो मत बगैर मतलब घरों के बाहर कूदे जाता हूं और आखिरकार बंदा दिखता है आप पहले वो वाले भाई सोचते हैं कि मैं बैठ के टीपी पी लूंगा मैं पाओ पे गोली पेलता हूँ उसके बाद वो बोलता है कि भैया हमसे ना हो पाएगा बैठना बैठा ना हम लेट जाएंगे इधर पे लेटता है वो मैं फिर से पाँव पे गोली देता हूँ क्योंकि पाँव अच्छे से दिख रहा था अब बस तीन ही बंदे बाकी हैं और वो तीनों के तीनों इसी एक टीम के हैं और यहां पर यार मेरे को बहुत बुरी तरह भेंट कर दिया जाता है चारा बना के पेला जाता है मेरे को देखो यार आप हाँ, इसे कहते हैं असली हजार हजारेम प्ले मैं बोलता हूं यार ये बंदा भगते वे आ रहा है इसकी पकड़ के पेटी बनाओ उतने देर में साइड में दो दो बंदे होते हैं इनके दोनों मेरी पकड़ के पेटी बनाने वाले होते हैं और अब ने डाएंगे अब इन भाई लोगों ने दिमाग लगाया बहुत ही बढ़िया हजार एक गेम प्ले बहुत ही बढ़िया मजा आ गया लेकिन एक गलती है कर बैठते हैं गलत जगह पे ठीपी पी लेके बैठते हैं हमारे भाई और अब बस एक आखिरी बंदा बाकी है और ये वही बंदा होता है जिसने मेरे मुंह के सामने से किल चोरी कर दी थी अब यहां पे मैं बोलने वाला था कि यार ये हजार आईक्यू गेम प्ले किया मैंने लेकिन देखो आपको भी पता है मेरे को भी पता है जो भी होता होता होता है है है में में ही हमारे साथ। देखो सीन क्या होता है? यहां मैं दीवार पे चढ़ जाता हूं, असल नीचे कूदने के लिए रस करने के लिए लेकिन मैं दीवार पे अटक जाता हूँ और दोबारा से इसी जगह इसी खिड़की पे आ बैठता हूँ लेकिन वो भाई अपना चेहरा दिखाते हैं और देर ठीक यार फ्री फायर बहुत बढ़िया था लेकिन देखो हमसे लग ही चुका था और यार हाथ में ग्रोजा पड़ी थी तो चिकन चुकन हो जाता है अब इसी मैच में मेरे ख्याल से छब्बीस सत्ताईस किल होते मुंह के सामने सामने किल चोरी हो जाती है और कुछ बंदे यार बच के भाग जाते हैं तो दिक्कत यहीं पे हो गई खैर आज के वीडियो में इतना ही भाई यार बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए और यार तैयार हो जाओ क्योंकि कल ना ये बहुत ही तगड़ा इस सीजन का मेरा सबसे तगड़ा गेम प्ले आने वाला है बिल्कुल मजा टाइप आ जाएगा तो यार यार जाते जाते मेरे ये आईक्यू के के लिए लिए और और मेरी जो भी गिल चोरी हुई उन सब के लिए यार एक लाइक ठोकना मत भूलना अगर आप यहाँ पे नए हो तो यार करो सब्सक्राइब बहुत मजा आने वाला है कल तो आज के वीडियो में इतने भाई लोग यार कल मिलते हैं जाते जाते करना मत भूलना उसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल टोक में तो कल मिलते हैं यार